नमस्कार दोस्तों एग्जाम में आपका स्वागत है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भू स्थर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है तो इसका सही आंसर है चौबीस घंटे अगला प्रश्न है आवृत्ति की इकाई क्या है तो इसका सही उत्तर है हर्टज अगला प्रश्न चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर है हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है ज्योति फ्लैक्स का अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले आया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल न होने के कारण गुब्बारे के अंदर की हाइड्रोजन गैस प्रसारित होगी जिससे गुब्बारा फट जाएगा अगला प्रश्न बैरोमीटर में व्यापारे का तल एकाएक एक गिरना प्रदर्शित करता है तो इसका सही आंसर तूफान कहने का मतलब यह है कि बैरोमीटर अचानक ही गिर जाए तो समझ लो तूफान आने की संभावना है अगला प्रश्न एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है अगला प्रश्न है गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में समय लगेगा तो इसका अंतर है दस मिनट से अधिक अधिक समय लग जाएगा क्योंकि दोस्तों गर्म द्रव को जब ठंडा किया जाएगा तो जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा उसके ठंडे होने की दर वैसे वैसे कम होती जाएगी अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए उच्च से निम्न करने के लिए अगला प्रश्न बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्यों क्योंकि गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ता है इसलिए बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं अगला प्रश्न है द्रवों का वह गुण जिसके कार्य अपनी विभिन्न में होने वाली विरोध करता है क्या कहलाता है तो इसका सही उत्तर है श्यानता कहलाता है कार्य करती है तो इसका फेराड़ी के निम्न के अनुसार विद्युत मोटर कार्य करती है अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन बम जीवन को नष्ट कर देता है जबकि किसी संपत्तियों कोई भी हानि नहीं होती अगला प्रश्न परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है तो इसका सही आंसर नाभिकीय विखंडन प्रमाण अगला प्रश्न प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदल देता है अगला प्रश्न एक्स एक्सकरणों की खोज ड्रॉन्टन ने की थी अगला प्रश्न पिच ब्लैंडी किसका यश्क है तो इसका सही आंसर रेडियम का अयस्क है पिच ब्लैंडी अगला प्रश्न रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली करणें हैं अल्फाकरण है बीटा अल्फा है, है और गामा है रेडियो एक्टिव पदार्थों से तीनों प्रकार की करण निकलती हैं अगला प्रश्न है मानवीय महिलाओं के प्रजननीय कौन सा हारमोन तेजी से वृद्धि करता है तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो इसका सही आंसर है कैलोरी विद्युत धारा की इकाई है तो इसका सही आंसर एम्पियर अगला प्रश्न पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है तो पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहला कहते हैं अगला प्रश्न है ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है तो इसका आंसर डायोप्टर अगला प्रश्न क्वार्टर घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं तो इसका आंसर दाब विद्युत प्रभाव सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरणों की होती है तो इसका सही आंसर है गामा किरणों की अगला प्रश्न परमाणु क्रमांक कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को अगला प्रश्न है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर है क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है पोलियो पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से अगला प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है तो इसका सही आंसर होगा फ्रक्टोज अगला प्रश्न मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है में। अगला प्रश्न हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है तो इसका आंसर होगा पोटेशियम अगला प्रश्न पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो इसका आंसर है लोहा दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं श्वेत रक्त कड़िकाओं का क्या कार्य है तो श्वेत रक्त कड़का रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती हैं अगला प्रश्न है मच्छर में मलेरिया पर जीविका जीवन चक्र किसने खोजा था तो इसका सही आंसर रोनाल्ड रॉस ने खोजा था किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा हाइड्रा में कोई किसी भी तरह का कोई रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी वह श्वसन करता है अगला प्रश्न है निम्न में से किसके अदबके मांस को खाने से फीता क्रम मनुष्य की आँख में पहुंचता है तो इसका सही आंसर है सुअर कैचुए में कितनी आंखें होती हैं तो कैंचुए में कोई भी आंख नहीं होती अगला प्रश्न है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है तो इसका आंसर है मत्स्य वर्ग का उदाहरण है सबसे बसेैली भिशैल, मछली कौन सी है तो इसका आंसर है पास और मछली अगला प्रश्न है सबसे विशाल जीवित स्तनपाई प्राणी है तो इसे हम ब्लू वेल या नीली वेल के नाम से जानते हैं तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है तो इसका सही आंसर है फूल की कली से प्राप्त होता है अगला प्रश्न प्रकाश संचलेषण की क्रिया कब होती है दोस्तों प्रकाश संचलेषण की क्रिया केवल दिन में होती है रात के समय में प्रकाश संचलेषण की क्रिया नहीं होती है अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है तो इसका सही उत्तर है अष्ट मज्जा में होता है अगला प्रश्न है जब हम बकरी या भीड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता है तो इसका सही आंसर हम द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता हैं जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है तो इसका सही आंसर तलवे पर सबसे मोटी होती है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है तो इसका आंसर सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किस के किससे मापी जाती है तो इसका आंसर है पूर्ण विकिरण ताप मापी से मापी जाती है अगला प्रश्न सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वनांक तथा हिमांक क्या होते हैं तो इसका है क्वनांक सौ डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक जीरो डिग्री सेंटीग्रेड अगला प्रश्न न्यूनतम संभव ताप कितना होता है तो इसका सही आंसर है माइनस डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद राम राम